नमस्कार साथियों रेट मैजिक ट्रिक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज हम बात करेंगे किशोरावस्था की जिसका काल होता है 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था की विभिन्न वैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है पहले बात करते हैं स्टेने हॉल स्टेने हॉल क्या कहते हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था बताया गया है सटेन्य हल के अनुसार किशोरावस्था में बड़ा संघर्ष बड़े संघर्ष की अवस्था होती है इसमें वो टेंशन में रहता है तनाव में रहता है उसमें तूफानी परिवर्तन होते हैं और विरोध की अवस्था होती है वो हर बाल अपने में खुआ रहता है स्वतंत्र रहना चाहता है वो विरोध करता है हर बात का उसके बाद में आए हैं मनोवैज्ञानिक दर्शील्ड दर्शील्ड ने बताया कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें मानव बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है किशोरावस्था की ये परिभाषाएँ सटैन्य हॉल और दृशल की ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं किशोरावस्था की इनको जिनको आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना परिभाषा पूछेगा तो इनमें से पूछेगा कि हैं। बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये बात करते हैं चलो तो… किशोरावस्था की विशेषताओं में बात करते हैं पहले विशेषता है जीवन का सबसे कठिन काल इसमें किशोरावस्था में जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है किशोरावस्था को वो अपना निर्णय नहीं ले पाता है इसके अंदर उसके बाद में आता है अनेक शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में बालक में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन उसके बाद में आता है कल्पना एवं दीवा की बहुलता वो किशोरावस्था में बालक कल्पना करता रहता है और अपने दीवा में खुआ रहता है उसके बाद में आता है घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता किशोर अवस्था में बालक एक दो तो उसके घनिष्ठ मित्र होंगे और बाकी गनिष्ठ मित्र तो एक दो ही होते हैं आप ये अपने आप पर लेके करना इनको याद ज़्यादा जल्दी याद होगा उसी व्यक्ति के मित्र व्यक्तिगत मित्र तो बहुत होते हैं वो घनिष्ठ मित्र एक दो ही रखता है ख़ास खास उसके बाद में आता है स्वतंत्रता है विद्रोह की भावना वो अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहता है वो किसी वो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है इसी बात का वो विद्रोह करता है इसमें विद्रोह की भावना हो जाती है किशोरावस्था में बालक में समाज सेवा की भावना आ है वो समाज के सामाजिक कार्यों में भाग लेने लग लगता है और समाज सेवा के कार्य करता है ईश्वर व धर्म में आस्था किशोरावस्था में ईश्वर व धर्म में भी आस्था हो जाती है बालक ईश्वर में विश्वास करने लगता है और धर्म में विश्वास करने लगता है उसके बाद में आता सजने संवरने की प्रबल इच्छा किशोरावस्था में सजने संवरने की प्रबल इच्छा रहती है वह बालक आईने के सामने रहता है इसी को एज ऑफ ब्यूटी भी कहा गया है सजने संवरने की अवस्था को अपराध प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था का काल ऐसा है जिसमें बालक पर अगर ध्यानिया ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह अपराध की दुनिया में घुस सकता है इसको अपराध प्रवृत्ति का विकास अपराधिक इसमें बालक अपराधी बन सकता है एमूर चिंतन की अवस्था किशोरावस्था में बालक ऐमूर चिंतन करता है वो अमूर चीज़ों को सोचता है ये कैसे हुआ ये क्यों हुआ उसमें अमूल चिंतन की भावना आ जाती है उसके बाद में आता है वो अपने आप को समाज का अभाव वो अपने आप को वातावरण के समक्ष समाज नहीं कर सकता अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता उसमें वो कमी रहती है समाज का भाव हो जाता है किशोरावस्था की ये मुख्य विशेषताएँ थी इनको आप अच्छी तरह से इनके नोट बना लेना इनको याद कर लेना ताकि ताप ताकि आपके एग्जाम में काम आए इनको अपने पे लेके याद करना ज़्यादा बेटर रहेगा कारने के टाइप में याद करना है ऐसी पढ़ोगी तो आपको याद नहीं रहेगा